दोस्तों खराब शॉट खेलकर अपने विकेट को गवाह बैठे केएल राहुल तो स्टेडियम में आई उनकी पत्नी आयता सेठी बहुत उदास हो गई। हाँ तो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल और लखनऊ के बीच यह मुकाबला हो रहा था पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ की टीम तो दोस्तों के राहुल उतरकर कर अपने टीम को छक्को चौकी की मदर से ब्यास रन बनाकर मायरस के साथ पार्टनरशिप की लेकिन जैसे ही बड़ा शॉर्ट खेलने का कोशिश किए तब उनको अपने जाल में फंसाया जेंट्स होल्डर वो मेड के ऊपर से शॉर्ट मारने की कोशिश किए के राहुल और बटलर के हाथों में अपना विकेट ट गवा बैठे जैसे ही के एल राहुल का विकेट गिरा हुआ ऐसे ही लखनऊ की टीम में मातम छा गया और स्टेडियम बैठी के एल राहुल की पत्नी आयता सेठी का रिएक्शन देखने लायक रहा है हाँ दोस्तों क्या आप भी आई पी एल को पसंद करते हैं पसंद करते हैं तो इस वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा